राम राम, जी। राम राम राम राम राम राम रेखा देखो नहीं बया रेखा रेखा। हाँ। हाँ। तो वे थोड़ो दो देखो मारे की जात बोतने तो तो मतलब रिश्ता दिन में आ हाँ, तीन चार आ जे, बने आ हाँ, तो बैठा ठाडो तो तो केस हो गए फिर के बताओ था बात बता रेखा तेरी एक एक एक लगी देखनी देखनी है एक सारे का देखनी है अच्छा एक ते सारे सारे अच्छा देख आओ जी। मारी सारना बांध जागी रेखा राजस्थान नहीं जानी चाहिए तेने बेजो कौन रवि भाई जी बेजो मे रवि है रवि सुधार रबीओ बा भाई जी कहो बोले मैं तो आप एक मांगे बदमाश ने ले गयो फलाने फलाना फलाना गाँव में एक पंडित है क्या अरे मांगे बदमाश ने ले गये पंडित जी कहो बोले तू तेरी जिंदगी चलाऊित तो रात का टाइम आया नी जदी गे आये तो थारखंड हाँ। हाँ, मतलब थारो वह कहकर पंडित जी एक ही नंबर को पंडित जी काम करे नही बीमा फर को नहीं आवा तो मैं जद्दी आयो थार्ड थे बताओ क्या बीन मना कौन मना <laughs> तेरी पंडित जी भाई तेरी रेखा तो बारे जागी। बारे ही ही जागी जागी हाँ। कौन सी साइड साइड साइड में में में एक बार देख देख के के बताओ मैं मिनट बताऊं भाई तेरी रेखा तो है राजस्थानी पंडित जी थोड़ी चेंज सके कि देखो मतलब यार देख भाई मैं इतों कि तेरी रेखा दिल्ली बाईपास होगी जान लग रही है बिहार जागी असम जागी ओ ठाक कोनी मैं इतों कि तेरी रेखा दिल्ली बाईपास होगी सीटी मर बेच सकूं एक एक मैं करने मैं बिहार है बताऊं बता दूं दो रे तेरी क्यों यार दिक्कत दिक्कत अब आ तेरी बरात तो दोनों जगह पहले तो जागी बिहार है फिर महीना खंड बाद में आसाम जागी बिहार तो आई अरे तो बाहार वाली मीना खंडी रहेगी फिर उस पंडित जी मा देखियो मैं एकलो लो ही हूँ मेरा सागो है कोई हाँ आप भी देखो दो मिनट देख भाई जानता तो बोला है दिखे हैं, दिखे है कौन सा बाकी तेरे गांव से तो एक ही है मैं गाड़ी लेके बस में जाऊँ बात हाँ आप भी बताऊँ ते था ए, ओपन बॉडी बस में बैठे थे। ओपन बॉडी बस में सीट हाँ। तो मिल जाएगी हाँ मैं देख हाँ भाई में सीट सीट मिल जाएगी के साइड तीन दो तो आदमी बैठे है एक तू तीसरों बैठ जी पंडित जी दो आदमी बैठे बै, और बताओ दो ताकि गिले घर बात हो जाए सफर रहेगा एक तो है को को को अच्छा अच्छा अरे है है आपने तारानगर अच्छा, तारानगर हाँ. हाँ, तारानगर जी की बताओ थे थे गांव मैं फे, मैं गा हाँ, एक तो मैं फिर जाऊंगा मिनट बता दियो बस हाँ, बताऊं अच्छा पन्ना जी थे राधारी कचाला फिर अरे तू तो रुक जाए रे कर क्या बात धन पड़ रही है तेरे में साग के तो सरस्वती आगी अरे साग के ओलिया आगी ओलिया बहुत भी चाला कोई बात कोली अरे आप सरस्वती काट के ओलिया चाला आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे तुझे भी अपन